नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक अड्डा पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप साउथ की कोई भी मूवी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी थोड़ी ही देर में इसके लिए आपको यहां पर जाकर के आ... आप फिल्मी डॉट वेब इन डॉट इन लिखना पड़ेगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पर आप जा कर के मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं लिख कर सर्च करना पड़ेगा के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहां पर आपको इस पर इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आपको यहाँ सर्च लिख कर गीता गोविंदम लिख कर सर्च करना पड़ेगा मैं लिखता हूँ लिख कर सर्च कर देना पड़ेगा सर्च करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको पहले वाले इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा देखिए यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करते ही आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आने के पश्चात आपको इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बैक आ जाते हैं फिर आपको यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा फिर से आपको यहीं पर बैक आ जाना है देखिए मूवी डाउनलोड होने लगी है ये देखिए मूवी हमारी डाउनलोड होने लगी है गीता गोविंद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए